जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवाधात्रि स्व स्व नमो सुते सवारी आ गई तू मने और दिल में छा गई तू नस में तू गई है सम समाय बस गई रूपे नजरिया में गजबू की गजबू की रूप सजे माता तुम्हारी लाल चुनेरिया में गजबू माता तुम्हारी लाल चुनरी आम तू ही बरमानी हो तू ही सिमानी तू ही बरमानी थोड़ी जगह है दो थोड़ी जगह है दो चरणिया में गजबू के रूप सजे माता तुम्हारी लाल तुगरिया में गजबू की आया। को कपुत्र देती मेरे धन निर्धन कुमार को कपुत्र देती मेरे धन निर्धन कुमार आए हम दे सरणिया में गबीजे देश माता तुम्हारी कुमारी लाल चुनलिया नश में तू गई है समान न से में तू गई है समान बस गई रूप न गरीब